रेलवे अब यात्रियों के अलावा शहर वासियों के खान पान की चिंता कर रही है इसके लिए कोच रेस्टोरेंट की नई स्कीम बनाई है बिलासपुर के बाद अब उचलापुर रेलवे स्टेशन के बाहर कोच रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है जहां लोगों को 24 घंटे लजीज व्यंजन उपलब्ध रहेंगे जगह भी चिन्हित कर ली गई है अब निविदा जारी कर जवाबदारी देने की तैयारी चल रही है रेलवे यात्री सुविधाओं बढ़ाने के अलावा उन योजनाओं पर जोर दे रही है जिनसे उनकी आय बढ़े गैर पारंपरिक आय स्रोत बढ़ाने के लिए कोच रेस्टोरेंट के रूप में एक नई पहल है इसके तहत कन्धन हो चुके कोचों को रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है बिलासपुर रेलवे स्टेशन में टेंडर भी हो चुका है अब उसलापुर रेलवे स्टेशन के लिए योजना बनाई गयी है पहले स्टेशन के बाहर स्टॉल संचालित नहीं होते थे लेकिन अब रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया में खान पान की व्यवस्था कर अतिरिक्त आय कमाना चाह रही है इसके तहत एक नए प्रयास किए जा रहे हैं इसमें कंदम हो चुके कोचों को रेस्टोरेंट बनाने के लिए निलाम किया जाएगा टेंडर के दौरान जिसे कोच आवंटित होगा उसे ही कोच को रेस्टोरेंट का स्वरूप देना होगा रेलवे इस कोच को रखने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इसकी शुरुआत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से की गई है दूसरा रेस्टोरेंट उस्लापुर स्टेशन के बाहर मिलेगा आरक्षण केंद्र के बाजू की सड़क के आगे एक रास्ता रेलवे कॉलोनी और दूसरा मंगलवार की तरफ जाती है